वही से हम आज हमारे भैया जी कुछ कहानी सुनाएंगे बोले तो तो ये शाम का वक्त के तो हम लोग जा रहे हैं भैया जी के पास यार भैया हेलो भैया जी कहानी आप बोले तो कहानी सुनाएंगे कहानी तो सुनो एक राजा था हम्म एक दिन वो जंगल में घूमने गए समस्त सैनिकों के साथ एक दिन ये हुआ कि उसे एक अचानक एक सुकन्या दिखी मतलब राजकुमारी दिखी पता नहीं कौन थी लेकिन राजा को बहुत पसंद आया उसको मन में ये विचार आया कि उससे शादी किया जाए पर अचानक वो लड़की कहीं चली गई राजा परेशान हो गया उसके बाद क्या किया राजा ढूंढने लगा गांव में नहीं मिला समस्त उसके जगह छान मार लिया उसके समस्त हाथी घोड़ा में जितने लोग भी थे सवारी थे उसके मतलब पूरा राजा का जितना सैनिक था सब को ही खोज रहा लेकिन नहीं मिला बात धीरे धीरे आते आते गांव छोड़ के जंगल खोजे जंगल खोजते शहर खोजे शहर खोजते झारखण्ड पूरा राज्य खोजे राज्य में भी नहीं मिला अरे कहना क्या चाहते हो